भाई भाई हट आराम से आराम से हमारा आ जा आ जा भाई डोंट पुश में डोंट पुश में धक्का नहीं भाई ना ना ना चल सुनो सुनो बैठ कर बैठ कर धक्का देना रे आप देख सकते हैं अमित को गाड़ी के अंदर बिठाते हुए जी तो हाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोनिया तवर और उसके घर वाले को यहाँ से ले जाते हुए अपने वाली वाली लेगा तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोनिया तवर और उसके घर वाले को यहाँ से ले जाया गया है क्या बात हुई थी? पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं और लेडीज को ऐसे पकड़ के जमीन में लुटा रहे हैं। जबरदस्ती हम जिस साइड भी बढ़ रहे हैं उस साइड से हमें रोके जा रहा है पुलिस वाले खुद लेडियो सब आके जमीन में डाल रहे हैं इतनी गुंडादारी गुंडा दर्दी कर रहे हैं ये पुलिस के भेज में पुलिस की वर्दी पैर के गुंडागर्दी कर रहे हैं इस तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कई लोगों को हिरासत में जरूर ले लिया है और काफी पुलिस बल यहां पर देखा जा रहा है आज सी साहब का कार्यक्रम और किस प्रकार से प्रदर्शन सुबह से ही सोनिया तवर का देखा गया तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये देखें भारी फोर्स भारी फोर्स मंगवा ली है हरियाणा के करनाल ज़िले की ये तस्वीरें हैं जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें या आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोनिया टावर जो कि कल से ही प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही थी और आज जो है हिरासत में ज़रूर ले लिया है और अन्य साथी हैं उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करें कि आप ये देख सकते हैं कितने बजे आप प्रदर्शन से कितने बजे बजे उठे उठे थे? थे हाँ जी कितने वहाँ से तो अभी 10 मिनट पहले ही उठे गए हैं जी अच्छा, अच्छा, तो हम सोच रहे थे कि बड़े एस पी से बात की जाए एसपी की तरफ बढ़ने लग गए तो हमें चारों तरफ से घेर लिया उस रास्ते से हम इधर आने लग गए तो हमारे दो इंसानों को सोनिया तवे को अमित जी को, को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और जैसे मैं भी साथ में थी ऐसे झप्पी पाके जमीन में लुटाया पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करे सरेआम सरेआम गुंडागर्दी कर रखे है पीड़ितों की गुंडे गुंडे, आवाज तो सुनने दबाई जा रही है आज, कि आज के टाइम में पीड़ित अपने उसका का, का, काम ही क्या बताया था कल ही बताया था कि काफी की शांतिपूर्वक अपना, अपना हम चल रहे थे मार्च कर रहे थे शांतिपूर्वक चल रहे थे लोन ऑर्डर का हवाला देखे वो कह रहे की हम लोन ऑर्डर वो करे लेकिन ये शांतिपुर का कोई नारे नहीं लगा रहे थे कोई जान ही रहे थे सिर्फ एसपी साहब के तो वहाँ तक नहीं तो तो जा रहे थे चल रहे थे सारे इकट्ठे भी नहीं चल रहे थे की हम जाम कर रहे हो कुछ कर रहे हो नारे कर रहे हो ना हमने नारे किए ना हमने जाम की ना कोई गाड़ी पीटो तो, तो इंसान पैदल चल रहे दो यहाँ चल रहे तो दो पीछे चल रहे ताकि किसी को परेशानी ना हो फिर भी पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करके दिखाई है यहाँ पे और जबरदस्ती उनको उठा के लेके गए हैं ये जो हमारे जिनके खिलाफ सोनिया तंवर जी है जो साथ जी जिनके साथ ना हुई है ये एसपी विजय देसवाल जी ने और ये अपने अमित तंवर जी है एससी से और अपने उपाध्यक्ष हैं मंजीत मोखरा जी तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है की हाफी लोन कोई शांतिपूर्वक तरीके से मारे पुलिस नहीं है जेन्ट्स पुलिस हाथ उठा रहे हैं जमीन में पल्टी मारवा रहे हैं जबरदस्ती करवा रहे हैं ये सरासरी गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोगों के बस हम लोग ये चाहते थे अभी लेडीजों का इंसाफ मिले आप पब्लिक को एक में अगर गिरफ्तारी चाहिए गिरफ्तारी होने बोला कम ऐसी कम भी चार ऐसी पाँच लोगो की साथ में बैठ के चलते हमने ये भी बोला वहाँ से बोला नहीं नहीं तुम लोग इधर ऐसी जाओ अपने आप अपने घर जाओ हम यहाँ ऐसी दो दो इंसान करके निकल रहे हैं और यहाँ आगे गाड़ी खड़ी करके निर्मल कुटिया के सामने गाड़ी खड़ी करी और जबरदस्ती अमित जी को का गाड़ी में धक्का देके ऐसे वो अभी पुलिस पुलिस पुलिस वालों ने ना पुलिस ने ना कि लेडी लेडी एक भी पुलिस नहीं थी अगर ऐसे का पुलिस वालों को किसने हक दिया है लेडीज को सभी कुछ आपके सामने है इसके अलावा भी शायद आपने भी कवरेज किया होगा इसके अलावा भी कुछ बोलना बाकी है तो मैं सोचती हूँ की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद इतना कुछ होने के कल से कवरेज कर रही है किसने, देखने किसने के है। चार से पांच लोगों को और सोनिया तंवर जी है अमित तंवर जी है और मंजीतम तो उषा मैडम है पुष्प नी है पुष्पा जी मंजीत मोखरा जी रोहतक से है रोहतक ऐसी आये हुए हांजी दूर दूर से लोग आए थे सिर्फ मदद करने के लिए जो पीड़ित है से मिलने जा रहे थे उस टाइम पे हम लोगों को कुछ नहीं कहा गया बस इतना कहा कि भाई हम अभी नहीं मिलने देंगे आपको टाइम दिया जाएगा मिलने के लिए बुलाया जाएगा अभी अभी जाओ यहाँ से, हमारी मजबूरी है हमारी ड्यूटी समझो, और हम उनकी ड्यूटी समझ के इधर आ रहे थे जब दो दो इंसान आगे पीछे होके चले इन्होंने मौका देख के लेडीजों को भी ऐसी झपिया के गाड़ी में गेरा पुलिस वालों ने चार लोगों को लेडीज पुलिस नहीं थी लेडीजों को घेरा पुलिस वालों ने घेरा है जो कि एक ए, आ, ड्रेस में नहीं है सिर्फ ब्लैक डाल है कौन है तो। मोहन लाल है कोई मुझे नहीं पता मैं हम जानते नहीं है तो वो पुलिस वालों के साथ ही थी दो तीन पुलिस वाले भी हैं बल्कि जैसे कि लेडीजों को जब पीपा के डाल रहे हैं तो हमने वापस पकड़े, खींचा भी कि ये कर क्या रहे हो तुम लोग तो ऐसे जमीन में लुटा दिया ऐसे ऐसे पापा के हाथा भाई कहते और करते क्या है, इसको क्या है? एक इंसान को तो कमर से पकड़ के उठा के गाड़ी में डाल रहे तो उसको क्या कहते हैं उसको हाथा पाई नहीं कहेंगे तो और कोई क्या कहेंगे वो भी एक पुलिस वाला पुलिस अधिकारी कोई लेडीज पुलिस नहीं थी लेडीज पुलिस थी लेड़ी तो लेडीज को पकड़ सकते है जी थोड़ा हाथ लगाएंगे और जब इन्होंने बचाया तो इनको इनको भी नीचे नीचे दिया दिया हमने इनको तो है और हुआ होगा में डाल दिया था महिलाओं के लिए किया गया था मैडम के साथ जो बदतमीजी हुई थी सोनिया तंवर जी के साथ जो बदतमीजी बदतमीजी हुई थी वो अकेले सोनिया तंवर जी के साथ नहीं हुई थी वो पूरी हमारी महिला जो मात्र है सबने सबके खिलाफ उन्होंने डीएसपी जो है अपने उन्होंने बदतमीजी लगाई है उन्होंने बदतमीजी की है और कल से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है हम रोहतक से भी यहाँ पहुँचे हैं आज एक मतलब एसएचओ तबके के वो आके अफसर कहते हैं कि बात बताओ क्या है बात उनका कल से वो धरने पर बैठे हैं मैडम इतने साल से वो परेशान है गलत वीडियो जब उनके महिलाओं के पास जाते हैं और आज आज जो उन्होंने पुलिस वालों ने इतनी ये हिम्मत दिखाई है मैं दाद देता हूँ ऐसी सरकार की और ऐसे प्रशासन की मैं ऐसे संविधान को जो अपने हाथ में लेके और उनको ठोकने का अंदर काम करते हैं ऐसे प्रशासन में जो अधिकारी ये कच्चे अधिकारी और पक्के कर दिए गए हैं और पक्के इस आधार पर कर दिए गए हैं कि भाई आप यहाँ आओ प्रशासन में बैठो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटवाओ और कुछ नहीं है और पुलिस प्रशासन इसको पूरा पूरा सहारा सहारा दे दे रहा है। दे रहा है है पुलिस प्रशासन बलात्कारियों को भी अपना पूरा आसरा दिया हुआ है इन्होंने एक बार भी सोनिया तंवरजी से ये आश्वासन नहीं दिया कि मैडम हमारी भी बहन बेटियां हैं हम भी आपके साथ खड़े है उल्टा सीएम का जो सी सर जो बीजेपी से हैं हमारे मनोहरलाल खट्टर जी मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि जो जिस ने हमारी बहन बेटियों को ऐसे जब्ती भर के और गाड़ी में घुसा है मैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ उनको अपने का इतना बड़ा नशा चढ़ गया है वो ये भी नहीं देख पाते के हमारी बहन बेटियों में और मतलब जेंट्स पुलिस में क्या अंतर होता है क्या नहीं इतना बड़ा नशा जो उनकी आंखों पर चढ़ा हुआ है ये बहुत जल्दी उतारने का हम काम करेंगे और भाई मनजीत मोखरा को और अशोक सर तंवर को और सोनिया जी को उन्होंने अपने जबरदस्ती कोई लेडी पुलिस नहीं थी उन्होंने जबरदस्ती उनको अंदर ठोका है हम आने वाले टाइम में ये चीज उनको बता देंगे क्या संविधान तू तो संविधान तुम्हारे से नहीं चल रहा है और विजय देसवाल जी विजय देसवाल जी मैं आपको मैं आपको चेताना चाहता हूं कि जो जो आपने ये काम करवाया है ये सरासर गलत है आपको इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा एक नारी शक्ति के साथ एक नारी शक्ति के साथ आपने ऐसी हरकत जो की है वो बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है और हम इसकी गौर निंदा करते हैं और आने वाले टाइम में विजय जी को अपना इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऐसी जरूर उतरेंगे उतरना चाहिए और एक धक्का चाहिए जिस हिसाब से हम शांति पूर्ण तरीके ऐसी अपना आंदोलन कर रहे थे जिस चल रहे थे एक मार्च कर रहे थे तो उन्होंने लोन ऑर्डर का हवाला देके कहा कि हाँ भी आप लोन ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस तरीके से हम अपनी बात रखी उनके सामने कि हम सिर्फ एसपी साहब के निवास स्थान तक हम जाना जाते हैं तो वो उसमें भी हमें जाने से रोका नहीं गया नहीं और जब हम वापस अपने जहाँ पे हमने अपना आंदोलन रखा हुआ था तो वहाँ पे वापस जाने के लिए गए तो वहाँ पे रस्ते में ही रोक के हमें गिरफ्तारी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अस्सी खाप से जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने अमित तंवर जी सोनिया तंवर जी और मंजीत मोखरा जी और उनके साथ साथी है हमारे तो उनको जबरदस्ती अपनी पुलिस प्रशासन ने अपनी गाड़ियों में ठूंसा गया मतलब ये तो यही होगा कि जिस हिसाब से अन्याय भी हमारे साथ हो रहा है और गिरफ्तारी भी हमारी हो रही है अगर गिरफ्तारी चाहते हैं तो गिरफ्तारी देने के लिए सारे तैयार दे जबरदस्ती ठूँसा गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है तो, तो, तो, तो, तो प्रशासन महिला आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आगे की कार्रवाई ये जिस हिसाब से अपनी बहन बेटियों को हमने मान सम्मान और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे से हमने आंदोलन किया है ये जिस हिसाब से अपनी बात रखने के लिए हमने यहाँ छोटा आंदोलन किया था और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था ये आंदोलन आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेगा क्योंकि ये अब अब हमारी बहन बेटियों की हमारी मां बहनों की इज्जत की बात है आप एक महिला हो और आज महिला पर हुए हत्याचार को लेकर आज धरने प्रदर्शन में सारी महिलाएं और पुलिस प्रशासन ने जो ये बद्र कुमार के इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि आज की जो हालात है पुलिस में ऐसी विश्वास उठा देने वाली हालात है क्या एक महिला जिसने चोबिस एफ आई दर्ज कर रखी है क्या वो अपनी बात सामने रखने के लिए नहीं है क्या उनको अपनी बात आगे रखने का अधिकार नहीं है क्या अगर उसी महिलाओं को गिरफ्तार करना है तो जो अपराधी है उनको तो आपने खुला छोड़ दिया जो शिकायत करता उनको लेगे है उनको ले गए प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो गलत है तो क्या कहना चाहोगे गलत है ये बिल्कुल ही जो वही प्रचार कर रहे हैं जिसने भी निकाला बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी आग... कहा बेटी सेव है रेप हो रहा है छोटी छोटी बच्चे के सात साल की लड़कियाँ होती क्या देश है कौन है वो राम जाते क्यों अपने घरों में से देश की महिलाओं से क्या अपील करना चाहोगे देश की महिलाओं ऐसी यही अपील करना चाहूँगी बहनों अपनी सुरक्षा खुद रखो अपने हाथ में एक लट लेकर चल लो जो सारा देखा देखता हो उसके आखे फोड़ दो और जहाँ सारे थाने में खड़े होते लेडीजों ने एक आया केस मार के बंदा खुद खड़ी होगी भाई कर लो अब जो करना है अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होगी कोई देखा कोई बुरी नजर डाल अपने हथियार तुम खुद ठालो पुलिस पे भरोसा करना सरकार पे भरोसा करना छोड़ दो देखा आज का रिजल्ट सिर्फ एक एफ आई आर ही दर्ज करवाई थी कितनी महीने सामने आई निकल के उनका तो सुनाएंगे तो देखने का नंगे नंगे इस तरह से दिखाए उन्होंने देखने का भी दिल नहीं करता ऐसे ऐसा हो रहा है काट डालो सारों को जो भी सामने आ रहा है क्यों कर रहे हो भाई इंसान नहीं है क्या लेडीजे नहीं है इस तरह तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो महिलाओं से क्या अपील करना चाहोगी मैं यही सभी सभी महिलाओं से जो पीड़ित हो चाहे ना पीड़ित हो आज हमारे साथ हुआ है कल उनके साथ भी कुछ हो सकता है या हो रहा है वो सामने नहीं आना चाहती लेकिन आज के जो हालात है टाइम को देखते है आज जोड़ के अपील करती हूँ मीडिया वालों से भी जो भी है साथ सोनिया गांधी का साथ दीजिए वो क्यूँ उठा के लेके गए उनकी गलती क्या है पुलिस प्रशासन से कोई पूछने वाला तो हो उन्होंने तो अपनी शिकायत के ऊपर धरना दे के बैठी थी उनकी जो भी सफेर कार्रवाई नहीं हुई उसी के लिए तो बैठी थी और कुछ तो कर भी नहीं रहे थे सोनिया तमर ने 25 मामले ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी वीडियो और ऑडियो भेजी हैं और 25 एफआईआर करवाई हैं और ऐसे और जो बहुत से केस हैं लगभग डेढ़ सौ के केस हैं जो सोनिया तमर जी ने लगा रखे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल जो सोनिया तमर जी ने अपनी आवाज़ बुलंद करी है सोनिया तमर का सिर्फ एक चेहरा है सोनिया तंवर की वो सत्तर औरतें औरतों की आवाज बनके वो निकली थी आ, लेकिन पे भी मैं सर वही बताना चाहती हूँ कि सोनिया तमर धरने पे अकेली बैठी थी और जितनी भी महिलाएं आई थी वो सारी पीड़ित जिनके जिनकी सुनवाई नहीं होती, जिनकी एफ़आईआर जो हो चुके हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती सिर्फ सोनिया तमर का एक यही गलती है की वो हिंदुस्तान की और हरियाणा की जो नारी शक्ति उनकी आवाज बनकर वो बोलती है यही गलती है उनकी आज इस तरीके से उनका मुंह बंद करके अमित तमर जी का और सोनिया तमर जी को ऐसे जानवरों की तरह गाड़ी में धकेल कर ले गए अगर ये सरकार और प्रशासन ये सोचे कि आवाज ये दब जाएगी ऐसे आवाज दबने वाली नहीं है वीडियो को आप शेयर अवश्य करें हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं आपने देखा किस प्रकार से सोनिया तंवर और अमित तंवर को जी हाँ करनाल पुलिस ने हिरासत में जरूर ले लिया है तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा चार लोग बताए जा रहे हैं जी हाँ चार लोग बताए जा रहे हैं और ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं अपडेट आपको देते रहेंगे बनी रहेगा करनाल